अपनी गलती का एहसास वही करता है वही झुकता है तुम्हारे आगे जिसे रिश्तों की कदर होती है जिसे अपने इंसान की कदर होती है उस इंसान के लिए उसकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट भी तुम्हारे ऊपर नहीं होती वह हर हाल में तुम्हें चूज करता है और तुम्हारे साथ रहता है चाहे हालात कितने ही क्यों ना बिगड़ जाए जो लोग अपने आगे दूसरों को रखते हैं ना उनके जहन में भी धोखा देने का ख्याल नहीं आता उनकी वफाओं के तो किस से लिखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है इसलिए कदर है उन्हें आपकी और ये कदर वो हर मोड़ पे किसी ना किसी वे में महसूस करा ही देते हैं अगर आपकी जिंदगी में भी कोई है ऐसा शख्स जो आपके लिए इतना कुछ करता है उसका साथ कभी छोड़ना मत उसे समझना उसके साथ रहना उसका ध्यान रखना वो तुम पर दुनिया जहाँ की मोहब्बत लुटा देगा बछड़ती है तुम्हें भी उसको उसके हिस्से का प्यार और इज्जत देनी होगी